शिक्षक दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडियो शर्मा शिक्षकों से वर्चुअली जुड़े इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व निर्माण अगर किसी छात्र का होता है तो आप सभी शिक्षक के कारण होते हैं आप जैसे शिक्षक जो खुद को खपा कर न जानी कितने लोगों का जीवन बदलकर व्यक्तित्व निर्माण करते हैं आपके मार्गदर्शन के कारण ही समाज में नेतृत्व करने की स्थिति में आते हैं शर्मा ने कहा शिक्षक व्यक्ति निर्माण करता है आज आपके सामने मैं गंभीरता से बात कहता हूँ कि मेरे गांव के टीचर ने मुझे तैयार किया है जिन्होंने मुझे पढ़ाया लगता था उनको कि दो बातें सिखाई जाएंगी तो आने वाले समय में कुछ करने की स्थिति होगी। मेरी माँ और पिताजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन मेरे शिक्षकों ने स्कूल के अंदर मुझे तैयार किया है इसका परिणाम है कि आज मैं आप सबके सामने इस रूप में कुछ करने की स्थिति में हूँ मैं हृदय से आप सभी को प्रणाम करता हूँ समाज के निर्माण में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है